हाय फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं बना रही हूँ मटन ये देखिए मैंने आधा किलो मटन लिया है जैसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और ये मैंने पाँच से छः बड़ी साइज के प्याज लिए थे जो मैंने काट लिया है और ये है दो चम्मच धनिया पाउडर डेढ़ चम्मच मिर्ची पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं ये दो चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है ये मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं दो से चार लौंगे पांच से छह काली मिर्च एक बड़ी इलायची और दो टुकड़े दालचीनी के तो आइए अब हम अपना मटन बनाना शुरू करते हैं ये मैंने तीन से चार बड़े चम्मच छोटे चम्मच तेल ले लिया है जो मैंने इसे ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया है अब इसे हम गरम करेंगे और फिर अपना मटन बनाना शुरू करेंगे प्लीज़ फ्रेंड माय चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपने मटन बनाया और आपको कैसा लगा ये, ये देखिए फ्रेंड हमारा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है अब हम इसमें अपने जो खड़े गर्म मसाले उन्हें ऐड कर देंगे फिर उसके बाद हम प्याज़ ऐड कर देंगे देखिए मसाले अच्छी तरीके से चुके हैं अब हम इसमें प्याज ऐड और इसे सुनहरा गोल्डन होने तक भूनेंगे ये देखिए फ्रेंड हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब हम इसमें अपनी जो मटन की सब्ज़ी है उसे ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि उसका जो पानी रहता है वो उसमें सूख ना जाए उसके पानी के सूखने के बाद हम उसमें अपने मसाले डाल देंगे हम इसमें नमक और हल्दी भी ऐड कर देंगे ताकि नमक जो है हमारी मटन में अच्छे तरह से ऐड हो जाए और ये खाने में थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगे अब, इसे तरह से अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे अपने मसाले को ऐड देखिए ब्रैंड हमारा अदरक और लहसुन का पेट अच्छी तरह से भुन चुका है और मटन ने तेल छोड़ दिया है अब हम अपने इसमें मसाले ऐड कर देंगे थोड़ा सा मैंने यहाँ गरम मसाला भी पीस लिया था जो मैंने इसी के साथ ऐड कर दिया है अब हम अपने इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें सीटी लगाकर हमारा मटन तैयार है दो से चार सीटी लगाएंगे और ये बन जाएगा ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है आप एक बार घर पर जरूर ट्राई करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में बताएँ कि आपको मटन की रेसिपी कैसी लगेगी